नमस्ते दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैग नॉलेज पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के ऐसे दस जहरीले सांपों के बारे में जो हमें आम जगहों की बजाय जंगलों में देखने को मिलते हैं आपका बहुमूल्य समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं like नंबर दस पर है मोजावेर एटल मोजावर एटल स्नैक को हम मोजावर ग्रीन भी बोलते हैं मोजावर एटल स्नैक की कुल लंबाई होती है साढ़े तीन फिट मोजावर एटल स्नैक खास करके साउथ अमेरिका और सेंट्रल मेक्सिको में मिलते हैं मोजावर एटल स्नैक को हम आसानी से भी पहचान सकते हैं उनकी अतरंगी पूछ की वजह से दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर नौ नंबर नौ पर है फिलीपिन कोबरा फिलीपिन कोबरा की कुल लंबाई तीन से साढ़े फिट तीन फिट तक होती है और ये सांप ज़्यादातर हमें नॉर्थ फिलीपीन में देखने को मिलता है इस सांप के काटने पर आपको उल्टी पेट दर्द माइग्रेशन और चक्कर जैसे लक्षण दिखने लगेंगे दोस्तों फिलीपीन कोबरा की एक खासियत भी है देखिए इस वीडियो में कैसे फिलीपीन कोबरा अपने से डेढ़ से एक मीटर दूर खड़े इंसान या जानवर पर भी शिकार कर सकता है दोस्तों अब बताए नंबर आठ पर नंबर आठ पर है डेथ एडर डेथ एडर की कुल लंबाई डेढ़ फिट तक होती है दोस्तों वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला दूसरा सबसे ज्यादा जहरीला सांप है दोस्तों इसके काटने पर करीब छः घंटे के अंदर अंदर ही इंसान की मृत्यु हो जाती है अब बात करते हैं नंबर सात की नंबर सात पर है टाइगर स्नैक टाइगर स्नैक की कुल लंबाई चार फिट होती है और यह ऑस्ट्रेलिया के Southwest पार्ट में में पाया जाता है, है, दोस्तों यह यह तो तो थोड़ा डरपोक रहता है। लेकिन अगर यह काट ले तो आपको दर्द, शरीर झटके आना, पसीना और शरीर का सुन्न होना जैसे लक्षण दिखने लगेंगे अब बात करते हैं नंबर छे की नंबर छे पर है चेन वाइपर चेन वाइपर की कुल लंबाई चार फिट होती है और दोस्तों वह में इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल म्यांमार थाईलैंड पाकिस्तान जैसे देशों में देखने को मिलता है चेन वाइक पर अगर आपको काट ले तो आपको उल्टी किडनी फेल मुंह से खून आने जैसे लक्षण दिखेंगे अब बात करते हैं नंबर पाँच की नंबर पाँच पर है ब्लैक माम्बा ब्लैक माम्बा की कुल लंबाई छः से दस फीट तक रहती है ब्लैक माम्बा हमें पूरे साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा ब्लैक मामा इतना जहरीला रहता है कि अगर वो आपको काट ले 30 मिनट के अंदर अंदर ही आपकी मृत्यु निश्चित है अगर आपको समय पे दवाई नहीं मिली तो अब बात करते हैं नंबर चार की नंबर चार पर है इस्टन ब्राउन ईस्टर्न ब्राउन की कुल लंबाई साढ़े छह फीट तक होती है अगर बात करें कहाँ पे मिलता है ईस्टर्न ब्राउन तो ईस्टर्न ब्राउन स्नेक ईस्ट और सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तो ईस्टर्न ब्राउन स्नेक खास करके हमें बहुत घने जंगलों में देखने को मिलेगा अगर वह काट ले आपको तो आपको किडनी फेल हार्ट अटैक अत्यादि उल्टी और माइग्रेशन जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं नंबर तीन की नंबर तीन पर है इनलैंड टाइपन इनलैंड टाइपन की कुल लंबाई छ फीट तक होती है यह हमें मिलता है साउथ वेस्ट क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया में अगर दोस्तों इनलैंड टाइपन लकवा मारना सिर दर्द अत्याधिक उल्टी जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे इसके काटने के बाद दो से चार घंटे के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी अब बात करते हैं नंबर दो की नंबर दो पर है ब्लू क्रेट ब्लू क्रेट की कुल लंबाई की बात की जाए तो वह साढ़े तीन से सा चार फीट तक लंबा होता है अगर बात की जाए वहाँ वह कहाँ पे मिलता है तो वह साउथ ईस्ट एशिया के कई भागों में मिलता है दोस्तों ब्लू क्रेट को हम मलायन क्रेट भी बोलते हैं अगर ब्लू क्रेट आपको काट ले तो चार घंटे के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब बात करते हैं नंबर एक की नंबर एक पर है बेलचेर सी स्नै बेलचेर सी स्नैक की कुल लंबाई डेढ़ से साढ़े तीन फिट तक होती है और वह इंडोनेशिया इंडियन ओशन और फिलीपींस में देखने को मिलते हैं यह सब बहुत शर्मीले और डरपोक होते हैं लेकिन इस सांप को दुनिया का सबसे जहरीला प्रजाति माना जाता है अगर इस ये काट ले तो आपकी मृत्यु 15 से 30 मिनट के अंदर ही हो जाएगी इस सांप का एक बुनजहर अठारह सौ इंसानों की मृत्यु कर सकता है शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए